हम चाहते हैं पिबर्ट टेबल लगाना लेकिन एक्सेल टू एक्सेल या एक्सेल टू आउट डेटाबेस बेस जैसे कि एक्सेस हो गया स्क्वेल हो गया और कैल हो गया तो हम पहले बात करते हैं एक्सेल टू एक्सेल की हम बिना फाइल को खोले हुए हम लगाना चाहते हैं पेबर्ट मतलब तो मेरा डेटा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और, और हम पिबर्ट लगाना चाहते हैं बुक फोर में तो उस केस में आपको एक ब्लैंक एरिया पे जाइए जहां पे पिबट लेना है आपको एक नई फाइल के ब्लैंक एरिया में और पिबट टेबल पे क्लिक करें इसी में आपको यहां दिखेगा ये नीचे में पिबट यहाँ पे गेट पिबल फॉर एक्सटर्नल डेटा सोर्स एक्सटर्नल डेटा सोर्स उसके बाद यहाँ पे आप चूज कनेक्शन का ऑप्शन आएगा इस चूज कनेक्शन पे क्लिक करें ब्राउज पर मोड पे जाएं और आप जो है अपना एक्सल फाइल जो डिफरेंट लोकेशन में सेव है उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें ओके करते ही यही पे आपको पीवर्ड आ जाएगी आप यहाँ अपना पीवर्ट लगा सकते हैं ये तो एक्सेल टू एक्सेल की बात हुई अगर आपका पीवर्ट टेबल लगाना है किसे एक्सेस से डेटाबेस से तो फॉर्म फ्रॉम एक्सलोर्स में जाएं चूज कनेक्शंस ब्राउज फोर मोर और यहाँ जहाँ पे आपके पास एक्सेस की फाइल है वहाँ एक्सेस की फाइल पे जाएं एक्सेस की फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपना डेटा सिलेक्ट करें एंड ओके करें आपका पीवर्ड एमएस एक्सेस से लग जाएगा उसके बाद यहाँ जो है आप पीवर्ड टेबल पर सर्वर से लगाना तो आप लगा लेकिन आपको, आपको अपना सर्वर का नेम देना पड़ेगा अब एक्सक्ल सर्वर का नेम कैसे पता चलेगा तो जब एक्सक्ल सर्वर आप ओपन करते हैं डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं वहीं पर आपको एक्सक्ल सर्वर का नेम दिखेगा बस यहाँ तो पे पेश करना है नेक्स्ट करना है डेटाबेस सेलेक्ट करना है टेबल सेलेक्ट करना है लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम में एक्सक्ल सर्वर होना चाहिए अगर एक्सक्वल सर्वर नहीं है तो फिर नहीं होगा एसक्ल सर्वर के अलावा आप ऑरिकल से भी कर सकते हैं यहाँ देखिए ऑरिकल का भी एरिक्वल से भी कर सकते हैं डेटा फीड ओ सब से कर सकते हैं